श्री राम भक्त हनुमान जी को सदगुरु ऐसा जानिए जैसे कल्प वृक्ष की डाल जो चाहे मिलता तभी सोचत मन तत्काल जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान तुम्हारी जय हनुमान तुम्हारी जय हनुमान, हनुमान मंगल के तुम अवतार के तुम अवतारी हनुमान अमंगलहारी हारी महावीर शक्तिमान बजरंगी बलवान नहीं तुम सा कोई महान तुम्हारी जय हनुमान तुम्हारी जय हनुमान हो जय जय जय हनुमान तुम्हारी जय हनुमान तुम भक्तों के हितकारी असुरों दुष्टों पर भारी संकट का पहाड़ जैसे जड़ से उखाड़ संकट मोचन हनुमान तुम्हारी जय हनुमान हो जय जय जय हनुमान भक्तों की रक्षा करो दुष्टों का मध चूर भक्तों की रक्षा करो दुष्टों का मध चूर आप निकट जिनके रहो दूर दूर आप निकट जिनके रहो उनसे दूर, तुम्हारी जय हनुमान तुम्हारी जय हनुमान मंगल के तुम अवतारी हनुमान अमंगल हारी महावीर शक्तिमान बजरंगी बलवान नहीं तुम सा कोई जय हनुमान हो जय जय जय हनुमान पवन पुत्र जय हनुमान तुम्हारी जय हनुमान पवन पुत्र जय हनुमान हो जय जय जय हनुमान जी की